हेलो दोस्तों मैं धर्मेंद्र मुजिदा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी गुजराती चेस चैनल में आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी खुद की चेस की ओपनिंग तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए ना तो कोई आपको सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत है और ना ही कोई बुक्स लेने की ज़रूरत है तो कैसे ओपनिंग प्रिपेयर किया जाता है आप अपने खुद के मुँह कैसे चुन सकते हो बहुत ही आसान तरीका है तो ध्यान से देखे पूरा वीडियो और फिर आप अपनी ओपनिंग प्रिपेयर कर सकते हो खुद के मूव बना सकते हो आपको इसके लिए एक नोट पेन लेके बैठना है सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोस्तों ये मोबाइल में नहीं बना सकते हैं क्योंकि डेस्कटॉप साइट आपको कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी तो इसीलिए सबसे पहले आपको लैपटॉप ओपन करना है लैपटॉप में गूगल में जाके सबसे पहले आपको चेस बाइट लिखना है चेस बाइट चेस बाइट सिर्फ लिख आप क्लिक कीजिए यहां पे पहली जो साइट है चेस बाइट होम यहां से ओपन करना है चेस बाइट दोस्तों यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे ओपनिंग पसल्स टूर्नामेंट्स प्लेयर्स न्यूज और गेम्स आपको यहां पे ओपनिंग पे क्लिक करना है और यहां और चार ऑप्शन मिल जाएंगे एक्सप्लोर तो सबसे पहला जो एक्सप्लोरर वाला जो है स्टेप यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपनिंग एक्सप्लोरर अब दोस्तों ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने अलग से आएगी गूगल के ऊपर से एक अलग बोर्ड मिल जाएगा आपको जिसमें मूव लिखी है और ड्रॉ वाइट ब्लैक रिजर्ट अब आपको करना क्या है सबसे पहले कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो तो सबसे पहले मानो कि आप इोर अगेंस्ट तैयारी करना चाहते हैं कि मुझे ई के सामने बेस्ट मूव खेलना है तो जनरली आपको जब ब्लैक से ओपनिंग तैयार करते हो तो सिंपल है कि ब्लैक की साइड फ्लिप करके आपकी साइड रख देना है अब यहां पे आपको पहला मूव व्हाइट का जो सिलेक्ट करना है बुक में लिखना है ई और यहां पे क्लिक करना है ई फोर करने से तुरंत व्हाइट का मूव यहाँ आ जाएगा अब इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ब्लैक की ओर से अब आपको नीचे के ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करने जहाँ पे देखो साइड में दोस्तों गेम कितनी खेली गई है ये भी दिखाते हैं तो यहाँ पे आप नज़र करिए कि आ, जैसे कि आप ऊपर देखते हैं कि पहली सी फाइव वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेली गई गेम है सी फाइव तो सी फाइव में आप देख सकते हैं कि 12 लाख ,00 गेम खेली गई है अभी तक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सी हाँ अब बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने में आपको दो चीज ध्यान रखनी है परसेंटेज और गेम्स अब परसेंटेज में देख सकते हैं आप ब्लैक थर्टी फाइव परसेंट वन हो चुका है और वाइट थर्टी सेवन मतलब इक्वल नियरली इक्वल है तो आप सी फाइव सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप सी फाइव सिलेक्ट करते हो तो आपको समझ लेना है कि सी मतलब ओपनिंग का नाम हो जाएगा सीसी डिफेंस पर आप सी नहीं सीखना चाहते हो जैसे कि आप e5 खेलना चाहते हैं, हो मुझे नॉर्मल e5 वाला मूव खेलना है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसमें देखो e5 खेलने से व्हाइट ज्यादा गेम जीत चुका है 42 परसेंट और ब्लैक 30 परसेंट जीता है और 27 परसेंट गेम ड्रॉ हुई है लेकिन ये इतना बुरा मूव नहीं है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ही प्लेयर ई खेलते हैं यहाँ पे आप ई सिलेक्ट करके खेल सकते हो अब आपको देखना है सामने व्हाइट के सेकंड ऑप्शन आ जाएंगे अब व्हाइट सेकंड में मोस्टली नाइट एफ थ्री करता है अब आपको बुक में अलग अलग वेरिएशन के पेजिस बनाने होंगे जैसे कि आप सेकंड नाइट एफ से थ्री वाले मूव लिख के एक पूरी पे, पूरा पेज नाइट एफ थ्री के वेरिएशन में जाएंगे उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि सेकंड नाइट से थ्री अगर व्हाइट करता है तो आपको क्या करना है सेकंड बिशप सी फोर खेलता है तो उसका भी आपको मूव मिल जाएगा तो इसी साइड पे से सारे मूव्स मिलेंगे और गेम भी आपको पता चलेगी कि कितनी ज्यादा गेम खेली जा चुकी है आपको कोई भी मूव सिलेक्ट करने में एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ नीचे वाले जो ऑप्शन है जिसमें बहुत कम गेम खेली गई है तो ये सिलेक्टेड मूव नहीं है मतलब रेयर केस में किसी ने खेल लिया होगा तो ये आपका परफेक्ट मूव नहीं होगा आपका परफेक्ट मूव यहाँ तक चलता है इलेवन वन थाउजेंड वन हंड्रेड गेम खेली है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है ज्यादा तो ये, ये गेम खेली होनी चाहिए अब आप हम देखते यहाँ पे व्हाइट का नाइट एफ थ्री चूज करते है और हम अपने बुक में उसका सेकंड मूव लिख लेते है की नाइट एफ अप आफ्टर नाइट एफ अब आपके पास देखिए ऑप्शन आ गए है ब्लैक से क्या बेस्ट ऑप्शन है तो मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा एनसे लेकिन एनसे में आप एक बात देखिए कि व्हाइट 41 वन परसेंट वनिंग रेट है और ब्लैक का 30 परसेंट है तो ब्लैक और वाइट में 10 परसेंट का डिफरेंट है लेकिन गेम खेली गई है फाइव लाख थर्टी अब हम नीचे थोड़ा जाएंगे कि हमें इससे अच्छा ऑप्शन कौन सा है तो थर्टी और फोर्टी वाला इसमें हमें थोड़ा अच्छा रेट मिल रहा है लेकिन ये है d5 तो d5 मतलब गैम्बिट हो जाएगी तो हम ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें हम शुरुआत से गैम्बिट लाइन खेलते हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे नाइट c6 भले ही विन रेट कम है लेकिन वर्ल्ड में खेली भी ज्यादा गेम जा चुकी है तो ये आपके लिए अच्छा मूव है अब हम वाइट का दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दो पेज बनाएंगे ये पोजिशन के बाद इस पोजिशन के बाद एक होगा बीबी -बी फाइव और दूसरा होगा बिशप सिंह पहले हम देखेंगे बीबी -बी फाइव दोस्तों बीबी -बी फाइव का मतलब है रोई लोपेज ओपनिंग उसके जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ब्लैक के ऑप्शन खुल जाते हैं तो ब्लैक के ऑप्शन में क्या है अब देखिए कि ब्लैक में ए सिक्स फर्स्ट मूव मतलब रोई लोपेज उसके बाद ए नाइट एफ सेकंड मूव एफ थर्ड ऑप्शन है D6 सिक्स फोर्थ ऑप्शन बीसपसी फाइव फिफ्थ ऑप्शन और NG E7 ई सेवन ऑप्शन है दोस्तों मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूंगा कि NG E7 भले ही सिक्स ऑप्शन है लेकिन लियो नारोनियन ने गे वेरिएशन पसंद किया था लियोनारोनियन आप सभी लोग जानते ही होंगे बहुत ही अच्छा प्लेयर है ग्रांड मास्टर तो लियो नारोनियन उसने NG E7 से गेम बहुत सारी खेली है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसी के बारे में मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है जो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो तो एन जी ई सेवन हम ये सिलेक्ट करेंगे अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है वाइट ने यहाँ पे कैसल किया है तो फर्स्ट चॉइस ही हम व्हाइट की ओर से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बेस्ट चॉइस होगी तो ही ज्यादा लोगों ने खेली होगी ये भी आपको मान लेना है कैसल उसके बाद जी सिक्स भी बेस्ट चॉइस ये मेरे वीडियो में आपको यही मूव मैंने बताया है जी सिक्स उसके बाद व्हाइट खेलता है सी थ्री अब हम ब्लैक की ओर से देखेंगे बी जी सेवन सबसे ज्यादा है और ए सिक्स उसमें विन रेट ब्लैक का ज्यादा है टू हंड्रेड फिफ्टी टू अब आपको यहां पे वन थाउजेंड के नीचे की गेम मिलेंगी क्योंकि यहाँ से गेम बहुत चेंज होती है कुछ गेम्स उसमें चली जाती है कुछ गेम्स दूसरे वेरिएशन में चली जाती है इसलिए गेम्स कम होती जाएंगी जैसे जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पे टोटल खेले जाने वाली गेम कम होती जाएगी तो अब आपको यहाँ अपना रेशियो भी कम करना है और 252 वाला भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम ए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ए से ब्लैक ने ज्यादा गेम जीती है विन रेड ब्लैक का अच्छा है यहाँ पे विशप ए फोर फर्स्ट चॉइस है अब हम खेलेंगे विशअप जी सेवन तो देखो ये दोस्तों अब रिजल्ट में परिवर्तन आ गया मतलब व्हाइट कम जीता है और ब्लैक फोर्टी परसेंट विन है तो हम बी जी सेवन अपनी मूव सिलेक्ट करके रख देंगे तो ऐसे आप पूरी दस से बारह मूव तैयार कीजिए जो आपके ओपनिंग के हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से फाइट कर सकते हो ब्लैक की ओर से तो इसी प्रकार आप व्हाइट के मूव्स भी चूज कर सकते हो तो ये हो गई हमारी ब्लैक की लाइन जो हम ई फोर के अगेंस्ट खेलने वाले हैं चलिए हम देखते हैं डी फोर के अगेंस्ट हमें कैसे खेलना है तो हम वापस से यहाँ पे प्ले में आ जाएंगे फर्स्ट मूव में अब हम व्हाइट को खिलाएंगे डी फोर के अगेंस्ट आप कौन सी लाइन पसंद करते हो जैसा कि नाइट एफ वर्ल्ड में अभी सबसे हॉट फेवरेट है नाइट एफ और ये है किंग्स इंडियन डिफेंस और देखिए यहाँ पे 11 लाख गेम खेली जा चुकी है सबसे ज्यादा तो हम ब्लैक की ओर से नाइट एफ पसंद कर सकते हैं नाइट एफ के बाद व्हाइट खेलता है सी पहला ऑप्शन उसका सी है तो सी के आगे हमें क्या रिप्लाई देना है इ्स में ब्लैक विन रेट कम है जी सिक्स जी सिक्स में ब्लैक विन रेड थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन व्हाइट का उससे भी ज्यादा है तो यहाँ पे सी फाइव सी फाइव भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे D6, D6 कर सकते हैं लेकिन हम मेन लाइन में, में देखते हैं तो ज्यादा खेले जाने वाली गेम पहले हम जी सिक्स खेल सकते हैं क्योंकि हमें किंग्स इंडियन खेलना है तो जी इज गुड उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करो व्हाइट की फर्स्ट चॉइस नाइट सी नाइट सी के बाद आपकी च्वाइस होगी बिशब जी पहले शुरुआती मूव में आप विन रेट कम देखना लेकिन गेम्स कितनी खेली गई है वो देखना ज्यादा है तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी कोई भी लाइन तैयार कर सकते हो व्हाइट से भी कर सकते हो जैसे कि व्हाइट से हमें करना है तो बोर्ड को फ्लिप कर देंगे यहाँ पे मूव को फर्स्ट पेज पे ला देंगे और फिर शुरू करेंगे ई से अगर हमें ई खेलना है तो ई से सिलेक्ट करेंगे और अगर हमें डी खेलना है तो फर्स्ट मूव हमारा डी करेंगे तो ये होती है टेक्निक ओपनिंग प्रिपरेशन और ओपनिंग बनाने की हम अपने भूस खुद बना सकते हैं इसमें से सिलेक्ट करके आपको इतनी सारी वेबसाइटें मिलती है chess.com है chessbase है और इसके आगे आपको क्या करना है मानो कि मैंने ब्लैक से एक स्कैंड का वेरिएशन तैयार किया तो हम पहले देखेंगे स्कैंड कैसे हम तैयार करते हैं और उसके बाद तैयार करने के बाद हमें क्या करना है जैसे कि e4 उसके बाद d5 मेरी चॉइस है सिक्स नंबर की उसके बाद ई टेक्स डी सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं मैं खेलता हूँ नाइट f6 जो सेकंड वेरिएशन है विन रेड के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है d4 ये फर्स्ट चॉइस है पोर्टुगीज गैम्बेट मैं खेलता हूँ बिशफ जी मेरी सेकंड चॉइस जिसमें ब्लैक ज्यादा जीता है उसके बाद एफ थ्री बिश इन एफ और एफ थर्ड चॉइस लेता हूँ व्हाइट की ओर से बिशप क्योंकि कोई भी है तो ये पॉन प्लस होने का दावा करेगा कि मुझे पॉन प्लस होना है यहाँ पे उसके बाद सी और यहाँ से अब आप वर्ल्ड में बहुत सारी जो गेम खेली गई गे है उससे देखना चाहते हो तो ये पोजिशन लाने के बाद आपको यहाँ पे सो द गेम्स सो गेम्स विथ दिस पोजिशन ये क्लिक करना है और इस पोजीशन पे क्लिक करोगे तो सारी गेम्स उसी पोजीशन से खेली जाने वाली सभी गेम्स इधर आ जाएगी और उसमें से आप देख सकते हो कि ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रेटेड वाला प्लेयर और ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रेटेड वाला प्लेयर आमने सामने खेला है यही पोजीशन से और इसमें कौन जीता है तो वाइट विन है तो वाइट ने ये गेम जीती थी तो कैसे जीती थी और ब्लैक ने क्या मिस्टेक की थी ये आप इस गेम से पता कर सकते हो उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि देख जैसे कि 1800 हंड्रेड रेटेड प्लेयर के सामने 20 तो ये रेटिंग का डिफरेंस देखो कि बहुत है तो ये गेम हम नहीं देखेंगे जिसमें रेटिंग का डिफरेंस बहुत कम हो वही गेम जैसे कि ग्रांड मास्टर यहाँ पे ब्लैक से खेला है uh, 2400 फोर रेटेड वाला और उसके सामने खेला है 21 लेकिन ग्रैंड मास्टर यहाँ पे जीता है तो जीरो वन वाली गेम देखनी है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये गेम यहाँ पे लोड हो जाएगी उसके बाद पूरी गेम हम यहाँ से अपने कर्सर से प्लस करके आगे जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम आगे प्ले करना चाहते हैं तो एक, -एक मुंह एरो से आगे ले जाएंगे तो पूरी गेम ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं और तो कोई गेम में क्या मिस्टेक हुई है सामने वाले से या हमने कौन सी अच्छी मूव की है ब्लैक से ये भी हम देख सकते है यहाँ पेट ने भी सब से भी सब से किया पूरी साइड में रख के दो तीन बार देख के उसका एनालिसिस करके और गेम स्टडी करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से की जाती है ओपनिंग की स्टडी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है मैंने आपको चेस डॉट कॉम में बताया ये हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका है और आप चेस बेज में भी ऐसे गेम्स सर्च कर सकते हो गेम देख सकते हो और चेस डॉट कॉम जो ऑनलाइन प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है ली चेस बहुत सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाने वाले है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना हो सके तो शेयर भी जरूर करना हम जल्द ही मेरे नए वीडियो के साथ मिल जाएंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय गुदात